यह कहने की जरूरत नहीं कि कहीं अकलतो कहीं ताकत के बल पर आरोप आज दुनिया पर राज कर रहे हैं जमीन पर ही नहीं पानी में और एक हद तक हवा में उनका साम्राज्य चलता है ऐसा हमेशा नहीं था मसलन अब से छह करोड़ साल पहले दुनिया पर डायनोसोरों का राज था जो अंडे देने वाले सरिश्रित वर्ग के प्राणी थे फिलहाल स्तंधारियों की कुल पांच हजार छह सौ छिहत्तर किस्में दुनिया में मौजूद हैं। सबसे छोटा स्तंधारी किसे माना जाए पिग्मीश्रू नाम के छछुंदर को या किटीज हॉग नो बैट नाम के चमदादड़ को यह दोनों ही सबसे छोटे स्तंधारी की रेस में सबसे आगे हैं। सबसे बड़ा स्तंधारी वेल संसार का सबसे बड़ा प्राणी भी है दरअसल वेल कई सारी अलग अलग जीव का पारिवारिक नाम है इनमें सबसे बड़ा ब्लू वेल है जिसकी लंबाई 100 फुट और वजन 180 टन तक जा सकता है सबसे खतरनाक ध्रुवीय भालू भेड़िया और शेरबाग जैसे मांसाहारी स्तनधारियों के अलावा हाथी गैंडा दरियाई घोड़ा और भैंसा जैसे शाकाहारी स्तनधारी भी अपने अपने दायरे में बहुत ही खतरनाक होते हैं लेकिन कुत्ते जैसे दिखने वाले भोंडे और बदसूरत जानवर लकड़बग्घे ऐसी ज्यादा खतरनाक इनमें किसी को भी नहीं माना जा सकता अतः हम इन्ही संधारियों में से एक दरियाई घोड़े के बारे में आपसे बात करेंगे यह बाघ शेर तेंदुआ और गेंडे की तरह शक्तिशाली होता है तो चलो देखते हैं कि दरियाई घोड़ा आखिर दरिया में कितना तेज भाग सकता है और क्या हम उसकी सवारी कर सकते हैं बने रहिए है वीडियो के अंत तक हमारे साथ दरियाई घोड़ा या जलीय घोड़ा एक विशाल और गोलमटोल स्तनपाई प्राणी है जो अफ्रीका का मूल निवासी है दरियाई घोड़े नाम के साथ घोड़ा शब्द जुड़ा है एवं हिपोपोटामस शब्द का अर्थ वाटर हॉर्स यानी जल का घोड़ा होता है परंतु उसका घोड़ों से कोई संबंध नहीं है यह शाकाहारी प्राणी नदियों एवं झीलों के किनारे तथा उनके मीठे जल में समूहों में रहना पसंद करता है उसे आसानी से विश्व का दूसरा सबसे भारी स्थल जीवी स्तनी कहा जा सकता है और यह 14 फुट लंबा, 5 फुट ऊंचा और 4 टन भारी होता है उसका विशाल शरीर स्तंभ जैसे और ठिंगने पैरों पर टिका होता है और पैरों के सिरे पर हाथी के पैरों के जैसे चौड़े नाखून होते हैं आंखें सपाट सिर पर ऊपर की ओर उभरी रहती है और कान छोटे होते हैं शरीर आरोप बाल बहुत कम होते हैं केवल पूछ के सिरे पर और होठो और कान के आस बाल होते हैं चमड़ी के नीचे चर्बी की एक मोटी परत होती है जो चमड़ी पर मौजूद रंध्रो से गुलाबी रंग के वसायुक्त तरल के रूप में गीली रहती है इससे चमड़ी गीली एवं स्वस्थ रहती है दरियाई घोड़े की चमडी खूब सख्त होती है इनके पसीने में एक लाल रंग का बैक्टीरिया रोधी सनस्क्रीन द्रव होता है जो इन्हें धूप और कीटाणुओं से बचाता है और अगर ये पानी से बाहर निकलते हैं और धूप के संपर्क में आते हैं तो इनकी त्वचा को ठंडा रखने के लिए यही लाल रंग का विशेष तरल स्त्राव होता है जो ब्लड स्वेट कहलाता है दरियाई घोड़ो की तीस पाँच किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार ने जीव वैज्ञानिकों को हैरत में डाल दिया है और आपको जानकर हैरानी होगी की दरियाई घोड़े को तैरना नहीं आता ये विशालकाय शरीर की वजह से पानी में तैर नहीं पाते लेकिन ये अपना ज्यादातर समय पानी में ही गुजारते हैं इन्हें पानी में रहना बहुत पसंद है यही वजह है कि इन्हें दरियाई घोड़ा कहा जाता है ये पानी में आगे बढ़ने के लिए तैरते नहीं हैं, बल्कि अपने पैरों से जमीन को धक्का देते हैं और ये पानी के अंदर काफी देर तक बिना सांस लिए रह सकते है शरीर की विशेष बनावट की वजह ऐसी दरियाई घोड़े के लिए जलीय जीवन बहुत ही अनुकूल है इनके नाक कान आंख शरीर के सबसे ऊपरी हिस्से होते हैं इसलिए ये पानी में आधा डूबकर भी देख सुन सकते हैं हिप्पो पूरी तरह से शाकाहारी जानवर है इसे घास खाना पसंद है और ये शाम के समय में पानी से बाहर निकलकर कई घंटों तक चारा खाते रहते हैं ये एक ही रात में 60 किलो से भी ज्यादा चारा खा सकते हैं हिप्पोपोटामस दिखने में भले ही प्यारे लगते हो लेकिन ये बहुत ही खतरनाक होते हैं ये अपने इलाके में आने वाले किसी भी जीव पर हमला कर देते हैं इनके दांत बड़े खतरनाक होते हैं और लगातार बढ़ते रहते हैं इनके दो सबसे नुकीले दांत की लंबाई 50 सेंटीमीटर तक भी हो सकती है हिप्पोपोटामस की बाइट फोर्स लगभग 1,820 हजार आई होती है और दरियाई घोड़ा अपने मुंह को लगभग चार फीट तक खोल सकता है दरियाई घोड़े के शरीर की चर्बी बहुत मोटी होती है जिसकी मोटाई छः सेंटीमीटर यानी दो इंच तक हो सकती है कहा जाता है है है। कि कि इनके शरीर के के ऊपर हिस्से की की चमड़ी इतनी मोटी होती है कि यह बुलेट प्रूफ की तरह होता दरियाई घोड़ा के बच्चों को काल्फ कहा जाता है। संक्षेप में हिप्पोपोटेमस या हिप्पो वैज्ञानिक नाम हिप्पोपोटेमस एनफेबियस जानवर का प्रकार स्तंधारी भोजन शाकाहारी सामान्य जीवन काल लगभग चालीस वर्ष तक आकार सिर और शरीर 9.5 से 14 फीट ऊंच 13.75 से 19.75 इंच वजन लगभग 1.5 से 4 टन दांत की लंबाई अधिकतम 20 इंच डॉट निवास स्थान अफ्रीका का मूल निवासी रफ्तार लगभग 30.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार बाइट फोर्स लगभग 1820 हजार हमारे आगामी वीडियोस में हम हिप्पो की अन्य जानवरों से मुकाबले देखेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट को देखना न भूले लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद रहेगा दोस्तों क्या आपने हिप्पो को भारत में देखा है यदि देखा है तो कहा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस वीडियो को अंत तक देखा हमने सही तथ्य और जानकारी प्रदान करने के लिए अपनी पूरी कोशिश की लेकिन सभी जानकारी ऑनलाइन स्रोतों से एकत्र की जाती है इसलिए कृपया हमें क्षमा करें यदि आपको वीडियो में कोई गलत जानकारी मिली है और हमें टिप्पणी बॉक्स में उस जानकारी के बारे में टिप्पणी करें जो आपको उपयुक्त नहीं लगी हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद Video is for educational purpose only. Copyright disclaimer under Section One Hundred Seven of the Copyright Act, nineteen seventy six. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Nonprofit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. Thanks for watching. Predicted that the twenty first century is going to be.